बना दिया इतना बुरा कि अब ना दुआ ना शिकायत मिल रही है बना दिया इतना बुरा कि अब ना दुआ ना शिकायत मिल रही है मिलते थे जो हर दम हम सफ़र हर रोज़ अब उनकी सब कुछ छोड़ देने की सलाह मिल रही है बुझ गया इतना सुन सुन कर ताने सबकी बुझ गया इतना सुन सुन कर ताने सबकी मैं आज आजकल हरदम दम धुएँ में और ज़िंदगी संगीत सी घुल रही है मैं हूँ आजकल हरदम हर धुएँ में और ज़िंदगी संगीत सी घुल रही है और ज़िंदगी संगीत सी घुल रही है